लेके चल जे ससुराल में दिल देवको डाचरा लेके चल जइ ससुराल में मन है तो तखी गे नहीं तो फेंक दीहे कचरा में दिल देव को चर मे लेखे चल जइ ससुराल में दिल देव जय है में। गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो भवानी के तुहर तो जुदाई। हम नहीं सहब तोरा बिना जेनगे हम नहीं रह तो ही जब दिलावा से गे। के से तो दिल तो के जाये दिलागे बतिया तुह तो जुद हम नहीं सहब तोरा बिना जानगे कोना के रह ही जब जाये दिलावा से दूरगी, दिला के से, वो, देखने पेब रही पता चल जेहे ससुर हमें दिल देख ले चल जे के नाम के में बही आज के जिंदगी में कहियो नहीं बही तुहार तो के गौरव राजेश रसिला से नहीं नजर मिल बही सही के नाम के मेहदिल के बही आज के जिंदगी में कहियों नहीं है बही तुहार के गौरव राजेश रसिल से नहीं नजर मिल बही हंसी खुशी है जइह तोरा रखने ले के चल जइह ससुर हम दिल अच्छा लेके चल जइह